मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है मुझे ये लोग घोषणा वीर कहते हैं अरे घोषणा तो वीर ही करते हैं हम घोषणा भी करते हैं और उस कार्य का उद्घाटन भी करते हैं आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास भी हमने किया और घोषणा भी हमने ही की थी जनता बुलाती है तो मैं तो आऊंगा ही एक वो थे जो बीच में आए थे सवा साल के लिए वो यही कहते रहते थे पैसा है ही नहीं पैसा नहीं है मामा ने खजाना खाली कर दिया अरे वो मामा नहीं जैसे औरंगजेब हो गया सब लूट कर ले गया छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचकर एक अलग ही अंदाज में नजर आए शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है मुझे ये लोग घोषणावीर कहते हैं अरे घोषणा तो वीर ही करते हैं हम घोषणा भी करते हैं और उस कार्य का उद्घाटन भी करते हैं आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास भी हमने किया और घोषणा भी हमने ही की थी जनता बुलाती है तो मैं तो आऊंगा ही एक वो थे जो बीच में आते थे सवा साल के लिए वो यही कहते रहते थे पैसा ही नहीं है पैसा नहीं है मामा ने खजाना खाली कर दिया अरे वो मामा नहीं जैसे औरंगजेब हो गया हो सब लूट कर ले गया लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है एक तरफ विकास आज भी छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं लोकार्पण के काम के लिए जब मैं छिंदवाड़ा आता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है क्यों आ रहा है? अखबारों में तुरंत बयान। अब हर घोषणा भी अरे भी तो घोषणा करते ही रे टायर घोषणा करते ही मैंने बयान पड़े कांग्रेस के नेताओं के लेकिन हम घोषणा भी करते हैं और घोषणा करके उसका पालन भी करते हैं। आज जिस स्वास्थ्य केंद्र का हमने उद्घाटन किया था उसकी घोषणा भी हमने की थी और शिलान्यास भी हमने किया अभी पंडित जी बता रहे थे उनकी घोषणा भी हमने की थी और उनको पूरा भी हमने किया लेकिन उनको तकलीफ होती है कि मामा क्यों रहा है बताओ छिंदवाड़ा और वा बिछुआ वालों में आऊ की नहीं आऊ जोर से बताओ आऊँ की नहीं आऊ आई के जनता बुला रही तो तुमने पुकारा और हम चले आए एक बीच में आए थे लेकिन मैं कह रहा हूं जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है एक तरफ विकास आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती इसलिए हमने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी जिन बेटियों को गोद में खिलाया वो कॉलेज में पहुंच गई हैं अब उनके लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 है मध्य प्रदेश की धरती पर माँ बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे इसके लिए हमने तय किया है की कि बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी दी जाएगी मैं आसपास के सभी जिलों को संदेश देता हूं कि मेरी सरकार भोपाल से नहीं गाँव के चौपाल से चलेगी एक वो थे जो सवा साल के लिए आए थे वो कहते रहते थे कि पैसे ही नहीं हैं, मामा लूट ले गए एक तरफ मैं हूं जो कहता हूं कि हमारे पास जनता के कल्याण के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है आज छिंदवाड़ा के लिए एक करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं सड़कों स्कूल स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास के लिए हमने राशि दी है मुझे खबर मिली है कि एक ब्लॉक में राशन की दिक्कत आ रही है मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं तुरंत जांच करो मैं गरीब का राशन खाने वाले को नहीं छोड़ूंगा सत्ता के दलाल जनता का हक खाते हैं इनका एक ही उपाय है इनको कुचल दो मैं अच्छा काम करने वालों का स्वागत करता हूं, लेकिन गलत काम करने वालों को छोड़ता नहीं हूँ बिजली के मामले में मुझे एक ब्लॉक से शिकायत मिली है हर रई में दिक्कत आई है अब ये होना नहीं चाहिए समय पर ट्रांसफार्मर बदलो बिना चल नहीं मध्य प्रदेश में हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई ये मेरी बिटिया बैठी जब ये छोटी छोटी थी तब इनके हाथ में बचत पत्र हमने दिए थे लाड़ी लक्ष्मी योजना में जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था वो अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी हैं, इन लाडली बेटियों को आशीर्वाद मध्य प्रदेश की धरती पर मां बहन और बेटी का मान सम्मान सुरक्षित रहे इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किए यह पहला राज्य मेरे भाई। बहन ने तय किया किसी ने अगर गलत नजर से देखा दुराचार तो दिया जाएगा उसको छोड़ेंगे जनता के कल्याण के लिए खजाने में पैसे की कमी नहीं है एक तरफ विकास आज ही छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए के शिलान्यास किए हैं लोकार्पण लो के कारण डाइवर्जन योजना उसके लिए हमने आठ सौ करोड़ रुपया किए सड़कों के लिए स्कूलों के लिए छात्रावासों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मेरे बहनों भाइयों तो छिंदवाड़ा वालों आज लोगों को मैं मेडिकल कॉलेज जो, नहीं जोड़ रहा ये भी नहीं जोड़ा अभी तो इस जोड़ रहा अभी है जिस गरीब का नाम राशन की सूची में नहीं था उसका नाम जुड़ गया उसको राशन मिलेगा लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक ब्लाक में कहीं राशन की दिक्कतें आ रही हैं सही बात है कि मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं जुना दे मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं तो तुरंत जांच करे देखो मेरा सीधा फैसला है अगर गरीब का राशन कोई खाएगा तो छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे हथकड़ी लग के जेल जाएगा ऐसे ऐसे बदलाव पूरी जांच करवाई पाई जाए और घर पर अगर कहीं है तो छोड़ना नहीं है पूरी जाँच होकर मेरे पास रिकार्ड रिपोर्ट आ जाए देखो जी इस तरह के जो माफिया पैदा हो गए सत्ता के दौरान जो जनता का हक खाने की कोशिश करते हैं उनका एक ही उपाय है उनको कुचल दो उनको समाप्त कर दो इसके अलावा कोई तो दूसरा उपाय नहीं है और अगर नहीं जाती है, तो उसको छोड़ता है नहीं शिवराज ने कहा कि मुझे पिछले दिनों सीएमएचओ की शिकायत मिली मैं छिदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूँ यहाँ मुख्यमंत्री उपस्थित है और बिछुआ के सीएमओ यहाँ नहीं है इसलिए मैं उनको भी सस्पेंड करता हूँ अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूँ आदिवासियों ने हमें धन्यवाद दिया है क्योंकि हमने पैसा लागू किया है पैसा किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है यह उन्यासी ब्लॉक में लागू होगा शहरों में लागू नहीं होगा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है पैसा आदिवासियों को जल जंगल और जमीन का अधिकार देता है कई लोग गलत नियत से आदिवासी की ज़मीन हड़प लेते हैं कई लोग आदिवासी बेटी से शादी कर लेते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कुचक्र मैं नहीं चलने दूंगा लव जिहाद में लव नहीं होता केवल जिहाद होता है इसको भी हम नहीं चलने देंगे खदानों पर आदिवासी सोसाइटी का पहला हक होगा फिर महिला का और उसके बाद पुरुष का अब पिछले दिनों में आया सीएमएचओ था छिलवाड़ा मुझे कहा इसलिए मैं सिर्फ छिलवाड़ा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं मैं यहां आया तो मैंने पूछा का हाल क्या है तो मुख्यमंत्री है, है और सीएमओ यहाँ नहीं है तो नौकरी को करें। तो मैं तो का सस्पेंड कर देता हूँ बिछवा का सीएम हमारे आदिवासी भाई बहन भी यहाँ बड़ी संख्या में बैठे उन्होंने धन्यवाद दिया इसके लिए धन्यवाद दिया पेशा एक्ट लागू किया गया है अब मैं एक बात आपको बताऊं पूरे छत्तीसगढ़ देखो पेशा कोई के खिलाफ नहीं है ना ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है और ना ये पिछड़े वर्ग के खिलाफ है पेशा में जो प्रावधान किए हैं वो हमारे पेशा गांव के लिए किए ये पेशा केवल लवासी ब्लॉक में लागू होगा पेशा शहरों में लागू नहीं होगा पेशा केवल गांव में लागू होगा और गांव में भी आदिवासी भाई बहनों के अलावा अगर कोई और समाज का आदमी रहता है तो वो भी पेशा की ग्राम सभा का सदस्य होगा इसलिए पेशा से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है पहली बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कई लोग गलत नियत से गलत नियत आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं कई तो आदिवासी बेटी से शादी कर ली और जमीन खरीद ली पता नहीं कहां से हमें अलग धर्म से आ जाते शादी करी और इसलिए शादी और शादी भी पहली नहीं होती तीसरी चौथी पांचवी शादी होगी। बताइए अब बेचारी वो बेटी उसे शादी की और जमीन आदि किसी की खरीद ली इसलिए कि उसके नाम पर जमीन इनके कब्जे में आ जाए वो जगह तो पंचायत के चुनाव लड़ा खुद नहीं लड़ते तो शादी करते देखो मैंने पहले भी कहा मैं फिर तो और आ रहा हूं मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र में चलने नहीं दूंगा चले और यह लव जिहाद मतलब कहीं नहीं है यह जहादे जहाद मध्य प्रदेश में ये भी नहीं चलेगा एक और कला कानून हम बनाने वाले